जो करते रहोगे भजन धीर धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे अगर मुन से मिलने की दिल में तमन्ना अगर मुन से मिलने की दिल में तमन्ना तो दिल में तमन्ना अगर मुन से मिलने की दिल में तमन्ना अगर मुन से मिलने दिल में तमन्ना करो सुदय है करन धीर धीर करते रहोगे भजन धीर धीरे तुम तो मिल जाएगा वो सजन धीर धी कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है मुश्किल नहीं है कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। नहीं है कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे करते रहोगे होगे भजन धीर धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे दीर धीरे करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की प्रेम से भक्ति सेवा हरी की सेवा हरी की करो प्रेम से भक्ति सेवा हरी की करो प्रेम से भक्ति सेवा हरी की तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीर धीरे तो मिल जाएगा हो सजन धीर धीरे जो करते रहोगे भजन धीर धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीर धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे दीर धीरे तो लुकरते रहो भजन धीर धीरे मिल जाएगा वो सजन धीर धीरे